दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है वह क्या है जो आपको हर वक्त मेहनत करने के लिए पुश करेगा जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे खाली मत बैठ, कुछ कर वह कौन सी चीजें जो तुम्हारे अंदर की पावर को जगाएगी आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या क्या वह पैसा है क्या वह नेम है क्या वह फेम है क्या वह आपके सपने हैं या ब्रेकअप नहीं दोस्तों इनमें से कुछ भी नहीं सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है सबसे बड़ा दुनिया का इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता वह है आपके हालात आपके आपकी सिचुएशन आपकी फेमिली की सिचुएशन ये चीजें आपसे जो करवा सकती है ना वह दुनिया की कोई भी बावन नहीं करवा सकती पैसों का लालच आपसे वह नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकता आपका मन करता होगा ना कभी कभी कि ये सब खरीद लूँ लेकिन पैसों की कमी की वजह से फैसो को मारना पड़ता है मन करता होगा ना कि ये खा लू लेकिन फिर पैसों की कमी की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा ना सोशल मीडिया पर आप दुनिया की नई नई चीजें देखते होंगे और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी जिंदगी में तो देखते हो कुछ भी नहीं है मन करता है कहीं जाने का पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है और बाइक है तो पेट्रोल के पैसे नहीं है जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है रात को चेहरे सो नहीं सकते सोने से पहले रोज टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा भी या नहीं होगा आपके जो माता पिता है वे खून पसीना बहा काम कर रहे हैं वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए जिसमे आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो वो कमाने के लिए भी वे दिन रात मेहनत करते हैं कभी कभी मन नहीं करता होगा दिमाग शरीर आंखें थक जाती होंगी कई तरह की बातें भी सुननी पड़ती होंगी लेकिन फिर भी वे करते हैं पता है क्यों क्योंकि हालात उनसे करवा रहे हैं जब आप किसी शादी पार्टी या किसी इवेंट में जाते हो तो आप देखते होंगे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है आप भी सोचते होंगे की ऐसी इज्जत मुझे भी मिले मुझसे भी लोग बात करने को तरसे ऐसे में आग लगेगी ना अंदर से आवाज़ आएगी ना की मुझे सब बदलना है मुझे बदलना है अपने हालातों में नहीं रहना है ऐसे हालातों में शायद अभी लोग आपको मुँह लगाना भी पसंद नहीं करते और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही है कि क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते देखो लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपका नाम होगा और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए वे सभी जो आपको नीचा दिखाए आपको अपनी औकात याद दिलाए आपका मजाक बनाए आपको इग्नोर करे आपकी खुशियाँ छीने तो चुन चुन कर उन लोगों का नाम लिखो और उस वक्त जो गुस्सा आता है ना उस गुस्से को उस एनर्जी को अपनी जिंदगी बदलने में यूज करो तुम बहुत लकी इंसान हो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्यूँकी इस समय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है और जब कोई इंसान जमीन से उठकर अपने दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो अपने दम पर सब कुछ करके दिखाता है इसलिए तुम बहुत लकी इंसान हो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो कितना भी बड़ा कर सकते हो इतना कुछ पा सकते हो तुम अपनी जिंदगी में जितना किसी के पास दूर दूर तक नहीं हुआ जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं तो खामोशी से मेहनत करते जाओ करते जाओ क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा याद रखना एक दिन तुम्हारा भी दोहर होगा साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत